फैक्ट नंबर वन एक्चुअल पेन से ज्यादा इमोशनल पेन को याद किया जाता है इसका हमारे बिहेवियर पर अधिक प्रभाव पड़ता है फैक्ट नंबर टू किसी का इंतजार करना है या उसे छोड़ देना है ये पता नहीं होना साइकोलॉजिकली सबसे बुरी फीलिंग है फैक्ट नंबर थ्री आपकी उम्र आपकी मेच्योरिटी आपके ग्रेड आपकी इंटेलिजेंस और अफवाहें आप कौन है ये डिसाइड नहीं करती हैं। फैक्ट नंबर फोर साइकोलॉजिकली किसी ऐसे अजनबी से आँख मिलाना जो कभी दोस्त हुआ करता था दर्दनाक हो सकता है फैक्ट नंबर फाइव नाइन्टी आई डोंट नो केवल एक एक्सक्यूज होता है सच्चाई छुपाने फैक्ट नंबर सिक्स अगर आपको सॉरी बोलना नहीं आता तो आपको अपने रिश्ते संभालना भी नहीं आता है फैक्ट नंबर सेवन आप सपनों में घड़ी में समय नहीं पढ़ सकते हैं फैक्ट नंबर एट प्रेग्नेंट महिलाओं को दूसरों की तुलना में अधिक सपने आते हैं फैक्ट नंबर नाइन अगर आपको फूलों से डर लगता है तो आप एंथोफोबिया के शिकार है फैक्ट नंबर टेन बुढे होने के डर को ग्रेस्कोफोबिया कहते हैं